आज कह रहा कि कहना लड़की मन में कितना सुंदर हूँ आज कह रो कि लड़की मन कहना कितना सुंदर मैं अगर वह सुंदर फूल के और छोड़ी मन के देख के जब प्यार मांगे हले एक सेकंड में बदल जाब फूल की तरह मुरझा जाब <laughs>